पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर भाजपा कितनी ही टीका टिप्पणी करे लेकिन कमलनाथ की हिंदुत्व में आस्था किसी से छिपी नहीं है कमलनाथ परमहंसी आश्रम पहुंचे और जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के निन्यानवे प्रकटोत्सव एवं शताब्दी प्रवेश वर्ष महोत्सव में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जवाब सर मिलता है वे धर्म कर्म में लगे नजर आते हैं आज भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सांसद नकुलनाथ एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी पी प्रजापति गोटेगा स्थित परम हंसी ज्योतेश्वर आश्रम में जगतगुरु शंकराचार्य रूपानंद सरस्वती जी के निन्यानवे प्रकटोत्सव एवं शताब्दी प्रवेश वर्ष महोत्सव में शामिल हुए इस दौरान कमलनाथ अपने धार्मिक अंदाज में नजर आए कमलनाथ के धर्म कर्म में व्यस्त होने पर भाजपा हमेशा टीका टिप्पणी करती रहती है लेकिन कमलनाथ इस सब से परे बेफिक्र नजर आते हैं वर्ल्ड एल एन सी टी ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी दिशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन